नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रम छाया मारतंड शभुतम तम नमामि शनिश्चरम वार के अधिपति देव शनिदेव की स्तुति करते हुए उनका ध्यान करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष वक्त आप सभी के सम्मुख दिनांक सात मार्च का दैनिक पंचांग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 त्रयोदशी तिथि के दिन बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा वह पुराण में इसकी मनाही है हमारे शास्त्रों में इसकी मनाही है साथ ही साथ आज सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर सत्ताईस मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को छः बजकर सात मिनट पर परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है विक्रम संबत दो शक छिहत्तर सख संबत उन्नीस और आज दिन रहेगा यह रहेगा शनिवार नक्षत्र की बात कर लेते हैं तो पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र रहेगा पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है और आश्लेषा जो कि गंडमूल नक्षत्र है और बुद्ध का नक्षत्र है बुद्ध द्वारा शासित नक्षत्र है करण की बात कर लेते हैं तो बालो कौलो और तैतिल करण रहेगा वही आज अतिगंड योग रहेगा दर्शकों आज के शुभ समय पर आ जाते हैं कि आज का आखिर में शुभ समय क्या है तो यदि आपको किसी भी शुभ कार्यों को करना होगा तो अभिजीत मुहूर्त में करिएगा प्रातः ग्यारह बजकर चौवन मिनट से लेकर के बारह बजकर चालीस मिनट का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा वहीं अशुभ समय पर आ जाते हैं जिनमें राहुकाल प्रमुख हैं तो राहुकाल का जो समय रहेगा ये प्रातः नौ बजकर बाईस मिनट से दस बजकर पचास मिनट तक की रहेगा वहीं जो यमगंड का समय रहेगा जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा मुहूर्त रहेगा ये दोपहर एक बजकर चौवालीस मिनट से लेकर के तीन बजकर बारह मिनट तक की रहेगा चंद्रदेव स्व अर्थात अपनी राशि में चलायमान है कर्क राशि में चलायमान है वही सूर्यदेव कुंभ राशि में चलायमान है दर्शकों शनिवार दिन और आज का जो दिशाशुल है ये पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना रहेगा लेकिन यदि किन्हीं कारणवश आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो एक छोटा सा प्रयोग एक छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं इन प्रयोग और इन उपायों को करके आज आप यात्रा यदि करेंगे तो निश्चित ही उसमें आपको हानि नहीं होगी लाभ होगा करना क्या रहेगा देखिए आज आपको अदरक का सेवन किसी न किसी रूप में करना होगा आप चाहें तो डायरेक्ट अदरक का सेवन कर सकते हैं खा सकते हैं ग्रहण कर सकते हैं या यदि आप चाहें तो अदरक वाली चाय पी करके तब भी निकल सकते हैं दोनों परिस्थितियों में आपको शुभता मिलेगी साथ ही साथ घर से निकलने से पूर्व आपको पहले पूर्व दिशा की ओर ना जा करके पश्चिम दिशा की ओर चार पग चलना रहेगा इसके बाद आपको पूर्व दिशा की ओर निकलना चाहिए तो दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग आप लोगों को सूचित करना चाहेंगे कि हमारा मुंबई आगमन मार्च के लास्ट में ना होकर के अप्रैल के फर्स्ट वीक में है तो तीन से ले करके और तीन चार पाँच ये तीन तारीखें हैं जिनमें मैं मुंबई आ रहा हूँ जो भी इच्छुक दर्शक सम्मानित दर्शक हमसे मिलना चाहते हैं आप लोग हमसे मुंबई आकर के मिल सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं दर्शकों हाल फिलहाल में अभी एक संक्रमण फैला हुआ है जिसको कि जो है कोरोना वायरस के नाम से जान, जान रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका खौफ और बहुत ही ज़्यादा इसका भय है काफ़ी लोगों की इस वायरस के कारण इस संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है दर्शकों हमने इससे संबंधित बचाव से संबंधित एक ज्ञानवर्धक वीडियो अपने इस चैनल पर प्रेषित किए हैं डाले हैं आप लोग जा करके देख सकते हैं और उसमें जो छोटी छोटी सी टिप्स बताए हैं उसको आप अपना सकते हैं जैसे कि अब हमने उसमें बताया है कि रुमाल में थोड़ा सा कपूर आपको रखना रहेगा अपने साथ चौबीसों घंटा और जब भी आपको कुछ नेगेटिव फील हो या बेचैनी फील हो तो आधे घंटे एक घंटे पर एक बार उसकी आप लोग गंध ले सकते हैं देखिए दर्शकों कपूर जो है एक औषधीय गुड़ के साथ जो है प्रकृति की अनमोल देन है और भीम सैनी कपूर का आप लोग प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में प्रातःकाल सायंकाल और दोपहर में भी देखिए आरती करने का जो है विधान दिया गया है कपूर जो होता है दर्शकों कार्बन का यौगिक है और जब इसको हम लोग प्रज्वलित करते हैं तो जो हमारे वातावरण में सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं इनका ये दोहन कर देता है इनको खत्म कर देता है तो खैर दर्शकों आप लोग जा के वो वीडियो जरूर देखिएगा बढ़ते हैं हम अपने राशिफल की ओर और राशिफल में हमारी जो पहली राशि आती आती है ये आती है ये मेष मेष राशि राशि तो के को शनिवार का दिन आज आप आप लोग अपने को रिफ्रेश रखेंगे तरोताजा महसूस करेंगे ऑफिस में सीनियर्स की मदद से आज आपके सभी कार्य पूरे कर लेंगे सभी कार्य आज आपके पूरे हो जाएंगे आज दूसरों की बात सुनने और समझने की कोशिश आप लोग करेंगे किसी को आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि पैसा या धन उधार मत दीजिएगा किसी खास क्षेत्र में मेष राशि के जातक आज सफलता हासिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज जीवन साथी के साथ आप लोग घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं अपने काम के प्रति मेष राशि के जातकों का जो समर्पण भाव है इसको देख करके आज आपके उच्चाधिकारी आपसे इम्प्रेस होंगे आज आपसे प्रसन्न होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा चाय पत्ती का दान आप लोग धर्म स्थान पर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर और हमारी जो राशिफल की अगली राशि आती आती है वृषभ राशि जी हाँ टॉरस इंग्लिश में इसको जानते हैं तो वृषभ राशि के जात को आज आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मन आज आपका प्रफुल्लित रहेगा प्रसन्न रहेगा नौकरी पेशा वाले लोगों को आज नया ऑफर मिलेगा सामाजिक कार्यों में आज सफलता हासिल करने का दिन है आज नए वाहन खरीदने का क्रय करने का यदि मन बना रहे हैं तो नए वाहन की आज आप बुकिंग करा सकते हैं नया वाहन आज आप लोग परचेस कर सकते हैं आपका कोई बहुत समय से अटका हुआ कार्य भी आज शनिवार के दिन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है घर पर आज किसी जो है मांगलिक उत्सवों का आयोजन हो सकता है जिससे नए नए लोगों से आज आपके रिफरेंसेस बढ़ेंगे आज आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए वृषभ राशि के जात पहली बात तो आज आपको करना ये रहेगा शमी पत्र पर पर के पौधे पर आज आपको जलार्पण करना रहेगा संध्या समय शाम के समय एक तिल के तेल का चौमुखी दीपक आज आपको शमी वृक्ष के निकट जलाना रहेगा रखना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा अंक छे मिथुन राशि की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि राशि चक्र की हमारी ये अगली राशि है तो मिथुन राशि के जातकों मित्रों के माध्यम से आज आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है पारिवारिक रिश्ते आज, आज आपके मजबूत होंगे घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा आज आपको संचार साधनों से फायदा होगा आज ज़्यादातर चीज़ें बहुत आसानी से सुलझती हुई दिखाई पड़ रही हैं मिथुन राशि के जो जातक एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जुड़े हुए हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनको आज बेहतर परिणाम मिलेंगे आज आपको आपके लव मीट से अचानक से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकता है आज आप अपनी जीवन शैली में बदलाव के बारे में विचार करेंगे और आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो चूँकि शनि की ढैया चल रही है तो दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का आज, आज आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ आज के दिन उड़द के दाल के जो बड़े होते हैं इसको सरसों के तेल में तल करके आप लोग शनि मंदिर के बाहर गरीबों को बांट दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कर्क राशि तो कर्क राशि के जात को आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए कार्यो में आज, आज आपको सफलता मिलेगी चूंकि चंद्रदेव का चलायमान आपकी ही राशि में है तो आज आपको ऑफिस में कोई क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जाएंगे जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा बहुत दिनों से कोशिश जो कर रहे थे कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी आ, सफलता मिल रही थी तो आज का दिन सफलता दायक रहेगा सेहत के मामले में आज आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है पैसों को लेकर के आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज सोच समझ करके निवेश करिएगा उपाय के तौर पर जरूरतमंदों को आज आपको भोजन कराना है इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आज कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले आप लोग अदरक तो दिखाई पड़ रहा है कारोबार के लिए आज कोई आपको जो है पूर्व में जो आपने प्रयास किए हैं सार्थक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं किसी पुरानी बात को लेकर आज आपकी चिंता बढ़ सकती है आर्थिक स्थिति आज आपकी मजबूत होगी जीवन साथी से आज आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट कोई तोहफा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज वीकेंड पर जीवनसाथी के साथ बाहर छोटी दूरी की यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है आज सबके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे लव मेट से आज आपकी शादी की बात भी हो सकती है कहने का मतलब है कि जिनसे आप प्यार करते हैं तो अपने घर में यदि आप अपने प्यार के प्रेम के प्रस्ताव को रखते हैं तो परिवारजनों की हाँ हो सकती है आज आपके घर में किसी शादी के समारोह का आयोजन भी हो सकता है आज आपकी परेशानियां दूर होंगी उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग गाय को रोटी में गुड़ लगा करके जरूर खिलाइए साथ ही साथ शनिदेव के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर और हमारी अगली राशि आती है ये आती है कन्या राशि कन्या राशि के जातकों आज आप लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे आज आपको देखिए धन कमाने के नए नए रिसोर्सेज मिलेंगे और नए नए मौके भी मिलेंगे खास करके जो कन्या राशि के जातक हैं और स्टूडेंट हैं तो इनको आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है वकालत से जुड़े हुए लोगों को आज कोई अच्छा सा जो है आ, आ, आ, क्लाइंट मिल सकता है या कहें अच्छा सा केस मिल सकता है आज मुकदमों में आपकी विजय हो सकती है जीवनसाथी के साथ रिश्ते आज आपके प्रगाढ़ होंगे कार्य क्षेत्र में आप यदि मेहनत अधिक करते हैं तो बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी कम मेहनत में अधिक सफलता मिलेगी व्यापार के सिलसिले में आज आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और आज आपके सभी रुके हुए कार्य ये पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो उपाय के तौर पर कन्या राशि की जात आज आपको करना क्या रहेगा देखिए सबसे पहले तो आज सत अनाज़ सात प्रकार के अनाज इसको अपने घर के छत पर आज आप लोग रख दीजिएगा जो भी पंछी हैं चिड़िया है ये सब आकर के खाएंगे आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे साथ ही साथ आज प्रातःकाल जल्दी उठ के अपने माता पिता के आपको चरण स्पर्श करने रहेंगे सभी जातक करें तो बेहतर रहेगा लेकिन कन्या राशि के जातकों को आज विशेष इसका लाभ मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ हमारी जो अगली राशि आती है यह आती है तुला राशि तुला राशि के जात को आज आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे घर में आज आपके खुशी का माहौल बना रहेगा आज कुछ सवालों में आपका मन उलझा रहेगा आपको किसी मामले में बड़ा बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा खास करके जो तुला राशि के जातक हैं और कारोबारी हैं जो लोग खास करके कॉस्मेटिक चीज़ों से रिलेटेड कपड़ों से रिलेटेड फूड से रिलेटेड ट्रेवल एजेंसी से संबंधित काम करते हैं इनको कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है आज जीवनसाथी के साथ आपके जो पल हैं ये काफ़ी अच्छे व्यतीत होंगे आपके रिश्तों में प्यार बढ़ा रहेगा दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी आज के दिन व्यवसाय में चली आ रही रुकावटें दूर होंगी उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा क्योंकि आपके ऊपर भी देखिए शनि की ढैया का प्रकोप चल रहा है अब प्रकोप कहें या इसको हम कहें कि शनि की ढैया आपके लिए अच्छी चल रही है दोनों में अंतर है इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं शनि आपके किस भाव में स्थित हैं ये देख करके स्थिति का पता रहेगा कि आपके लिए शनि योग कारक हैं या हानिकारक हैं फिर भी जो उपाय बता रहे हैं आप लोग कर लीजिएगा निश्चित इसमें आपको लाभ होगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि प्रातःकाल जल्दी उठिए और जल में काले तिल और थोड़े से गुड़ मिला करके मिक्स करके इसको पीपल के वृक्ष पर अर्पण करिए और शाम को आपको एक तिल के तेल का दीपक जलाना रहेगा साथ ही साथ आज आप लोग उड़द के दाल के बड़े बनाइए और जो कौवे आते हैं इनको आप खिलाइए कौवे को ही क्यों खिलाना है क्योंकि शनिदेव के ये वाहन है तो जब आप ड्राइवर को ही प्रसन्न कर लेंगे तो मालिक तो प्रसन्न हो ही जाएगा साथ ही साथ शुभ कलर पर आते हैं आपके लिए श्वेत अर्थात वाइट कलर शुभ रहेगा और शुभ अंक पर आते हैं तो अंक चार आपके लिए शुभ अंक रहेगा अगली राशि हमारी आती है ये आती है वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जात को आज आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कद ये बढ़ा हुआ रहेगा आज आप किसी बात को लेकर के भावुक हो सकते हैं किसी जरूरी काम में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा जीवन में तरक्की मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे आज स्टूडेंट्स को करियर में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कोशिश कीजिएगा काले रंग के जो वस्त्र हैं सवा मीटर काला कपड़ा ले लीजिएगा और इसको किसी शनि मंदिर में आप दान दे आइएगा शुभ कलर आज आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो धनु राशि के जात को कैसा बीतेगा शनिवार का आपका दिन लेकिन दर्शकों नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए हर भांति की जो है प्रकार इस बार जो है इस बार भी प्रयास यही रहेगा सब कुछ यदि ठीक रहा परिस्थितियाँ अनुकूल रहीं तो रविवार को रात्रि दस से ग्यारह बजे हम लाइव आएंगे धनुराशि की ओर चलते हैं आज आपको अचानक से धन लाभ होगा संतान पक्ष से आज आपको कोई खुशखबरी मिलेगी गुड न्यूज़ मिल सकती है पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे आज आप कोई नई चीज़ सीखेंगे दूसरे जो अनुभवी व्यक्ति हैं इनकी सलाह आज आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी नए दोस्तों से मुलाकात आज आपको फायदा दिलाएगी आज किसी वैवाहिक समारोह में शामिल होने के भी योग बन रहे हैं जीवन साथी से आज आपको कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट इत्यादि मिल सकता है और आज आपको व्यापार में लाभ के अनेकों अनेक अवसर प्राप्त होंगे तरक्की के नए आयाम स्थापित करेंगे उपाय के तौर पर आज शनि मंदिर में सरसों के तेल का आप लोग दान करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज यानी कि जो है नारंगी कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन बढ़ते हम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है ये आती है मकर राशि कैप्रिकॉन तो मकर राशि के जातकों आज घर में किसी बड़े की सलाह लेकर ही आज आपको कोई बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए ऑफिस में कामकाज ज़्यादा होने से आज, आज आपकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है आज महिलाएं रसोई घर में जो काम करती हैं ऐसी महिलाएं काम करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा अग्नि भय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स के लिए विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है आज किसी अनजान पर भरोसा करना आपके लिए अहितकर होगा आपके लिए हित में नहीं होगा आज जीवन साथी का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा आज तो ओम प्राम प्रीम प्रोम साय नम इस मंत्र का एक सौ आठ बार जाप करिए साथ ही साथ आज आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि लोहे से बनी हुई किन्हीं भी वस्तुओं का चाहे वो लोहे का चक्कू हो चिमटा हो पिलास हो इन चीज़ों का दान आज आप किसी जो है लेबर क्लास को करिए जैसे मान लीजिए कि कोई मजदूर है या कोई इलेक्ट्रिशियन है अब उसके लिए सबसे अच्छा उपहार क्या होगा आप एक प्लास दे दीजिए लोहे का तो इससे शनि भी आपका बैलेंस होगा और उसके चेहरे पर जो स्माइल आएगा ये आपके शनि को और स्ट्रांग बनाएगा साथ ही साथ यदि कोई गरीब महिला आपको दिखे एक लोहे का चिमटा आप दे दीजिए आपके लिए बेहतर रहेगा आपके लिए शुभ कलर क्या रहेगा तो आज नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन अगली राशि पर बढ़ते हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि एक्वायर्स सेकंड लास्ट राशि है तो कुंभ राशि के जात को आज आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको धन लाभ होगा फायदा होगा परिवार वालों की काम में आज आप लोग पूरी मदद करेंगे नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है आज आपको अचानक से कोई सरप्राइज मिल सकता है आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा लेकिन आज सितारे सलाह दे रहे हैं कि वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी आज का दिन ठीक बीतेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए आज आप लोगों को दुर्गा सप्ती के नवम अध्याय का पाठ करना रहेगा तथा आज आपको चंदन का तिलक मस्तक पर लगा करके तब घर से निकलना चाहिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छः अंतिम राशि पर आगे चलते हमारी अंतिम राशि आती है ये आती है मीन राशि पाइसेस तो मीन राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज एक कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है पारिवारिक जीवन आज, आज, आज, आज आपका सुखद बना रहेगा वहीं आज आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा अपने व्यक्तित्व के दम पर आज आप समाज के कुछ लोगों को भी अपने फेवर में कर सकते हैं आज आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहेगा शाम को परिवार वालों के साथ आज आप लोग बाहर किसी समारोह में शामिल प्रतिभाग हो सकते हैं वहीं लवमेट के साथ आज वीकेंड पर आप लोग बाहर घूम सकते हैं प्रातःकाल से लंबी दूरी की यात्राओं का योग आपके भाग्य में लिखा जा चुका है आज सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा आज के दिन प्रयास आपको ये करना रहेगा कि कबूतरों को आप लोग बाजरा डालिए साथ ही साथ आज प्रातःकाल आप लोग श्री सूक्त का पाठ करिए आपको आज के दिन धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल शनिवार का हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए यदि आपको आपके वास्तविक राशि से अनिभिज्ञ है नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस आप लोग कमेंट कर दीजिए यथास्भव प्रयास रहेगा कि आपको आपकी वास्तविक राशि से अवगत कराए दर्शकों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ यदि पुराने हैं तो आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए फिर चाहे वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो फिर चाहे वो यूट्यूब का ही प्लेटफॉर्म क्यों ना हो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा साथ ही साथ महाराष्ट्र में आप हमसे मिल सकते हैं तीन चार और पाँच अप्रैल को तो दर्शकों दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय शनिदेव